katerina kya se kaisi she sitadsi down down whiskey ho ma whiskey ho ma tere haath na hua bijli jaisi teri zubani kya karun main haire haire zara sa chhu lo tujhe lagar main current maar ti haaye ma haaye ma son ibrahim it fancy ka tujhe doon doon doon teri shakala ka doon doon shakala ka doon